यो यो यो तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते सब लोग अच्छा आगे बढ़े वाला तो गए स्पेड से एक नया एम वॉक एम लॉक दोनों ही कह सकते हो कॉन्फिक्ट फाइल लेके आ चुका वो भी अपने मेन आई के लिए और आज का जो कॉन्फिक्ट फाइल होने वाला ये पता नहीं कितने सारे डिवाइस में वर्किंग है पर ज्यादातर डिवाइस में वर्किंग होने वाला है इसलिए अपने मेन आई पे पर यूज करो आपका आई डी मतलब बैन नहीं होने वाला ये बात का गारंटी मैं आपको खुद देता हूँ तो देखो भाई लोग मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे जो पिछले बार का जो वीडियो था उसके अंदर जो कॉन्फ्रिक्वाइल मैंने प्रोवाइड किया था उसका लिंक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो छोड़ो उस कॉन्फ्रीफाइल को आ हाँ गए मैंने खुद चेक आउट किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो देखो आज जो कॉन्फिक फ्वाइल देने वाला हूँ अगर आपके डिवाइस में एक बार सपोर्ट कर जाता है तो आप मतलब तो तबाह ला सकते हो फ्री फायर के अंदर मतलब आग लगा सकते हो हर एक मैच में तो इसको ठीक से अप्लाई करो अगर डिवाइस में वर्क नहीं करता तो कमेंट करो मैं नेक्स्ट जो कॉन्फीपल ले आऊँगा वो आपके डिवाइस के लिए ले आऊँगा इसलिए कमेंट पे अपने डिवाइस के नाम लिख के जरूर जाना और देखो बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम करने वाला हो इसलिए हर एक बंदा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आए हम जो भी कॉन्फीपेल अपलोड करते तो चलो मैं आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा देता हूँ तो देखो अपलाइट प्रोसेस बहुत ही आसान है सबसे पहले आपको एक्सप्लोर कर लेना है इसके अंदर देखो कॉन्फ़िग मिलेगा आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी किया फिर कट कर लेना है और वीडियो में पासवर्ड है फुल वीडियो देखो इसमें आपको डिवाइस में जाके डेटा पे जाके और डेटा पे जाके अंदर आपको फ्री फायर मैक्स फ्री फायर जो भी खेलते फाइल्स के अंदर उसके अंदर जाके कंपलसरी कंपल कैच एंड्रॉयड गेम्स बंडल और इधर ही आपको पेस्ट कर देना है अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं